जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जन शिविर में पहुंचे जहां उन्होंने ग्रामीणों को जनसेवा अभियान में सरकार की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर सीहोर जिला के श्यामपुरा और गोविंदपुरा ग्राम पंचायत में पहुँचे उन्होंने गाँव के लोगों को जनसेवा अभियान में सरकार की मूलभूत सुविधा के बारे में बताया और कहा की जो सुविधा से वंचित है उनको मूलभूत सुविधा दिलाई जाएगी और गाँव में विकास कार्य अधिक से अधिक कराया जाएगा